है गाइस वेलकम बैक तो कैसे हो आप लोग काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सच में गाइस काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था मैं आप सबको काफ़ी ज़्यादा मेरा मन कर रहा था कि आप सबसे बात करूँ तो और जल्दी जल्दी में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने डी वगैरह कुछ नहीं छुआ है मैंने जस्ट फ़ोन का फ़्रंट कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड कर बैठ गया हूँ तो इसमें क्या करेंगे मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या बोलने वाला हूँ लेकिन देखते हैं क्या बात करते हैं बस आपसे बात करनी है मुझे ये पता है तो आ, मेरे पास एक आइडिया था थोड़ा सा आइडिया था कि मैं जो है आ, एक तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो किस टॉपिक पे बोलूंगा तो मैंने सोचा था कि जो कमेंट्स आप लोगों के थे जो सवाल था मैं क्यों ना उस पर कुछ बात करूंगा ठीक है तो यही था लेकिन कौन से कमेंट्स को जो है मैं यहां पे पिक करूँगा रैंडमली पिक करूँगा मुझे नहीं पता ठीक है थेके? तो और मैं नाम किसी का नहीं लूँगा ठीक है तो गाइज़ पहली बात ये है कि आप सब काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं वीडियोस कब आएंगी तो देखो वीडियोस ना आने का सिर्फ़ एक कारण है और वो है टाइम शॉटेज तो टाइम शॉर्टेज क्यों हो रहा है ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है मैं इसके बारे में कभी आपको बताऊँगा ज़रूर बताऊँगा अभी सही समय नहीं है तो इसलिए बस इतना समझ लो कि टाइम मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो आपको दूँ ओके तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से जो है यहाँ पे सवाल हैं तो ऑल तो एक सवाल मुझे दिखा एक सवाल है और इस पे जो है रिप्लाई भी कुछ लोगों ने किया है तो उसी को मैं पिक कर रहा हूँ पहला सवाल अपनी gf एफ़ की रेस्पेक्ट कर उसकी कदर कैसे बढ़ाएँ ये सवाल है तो अपनी gf एफ की रेस्पेक्ट कैसे करें उसकी कदर कैसे बढ़ाएँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है सिर्फ़ एक काम करो एक टिप्स मैं आपको दूंगा और वो है इक्वालिटी का आप अपने पार्टनर को इक्वालिटी का दर्जा दो मतलब कि बराबरी का दर्जा दोगे तो रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी ठीक है बराबरी का दर्जा जब आप किसी को देते हो तो एक्चुअल में आप इंसान को इंसान समझते हो अदरवाइज एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो आपको लगता है कि अगर कोई लड़की आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसका दिमाग कम है ऐसा आपको लगता है ठीक है तो आपको क्या करना है इक्वलिटी का दर्जा देना है मतलब बराबरी का दर्जा जैसे आप फील करते हो जब आपको चोट लगती है तो दर्द होता है जब आपको कोई गाली देता है तो आपको बुरा लगता है ठीक ऐसे ही समझना है आपको उस लड़की के लिए अपनी पार्टनर के इसमें आपकी रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी ठीक है तो पहली चीज है पहला टिप्स है ठीक है तो मैंने पहला सवाल यहाँ पे पिक किया और और कुछ हम पिक करने की कोशिश करते हैं तो एक और क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ क्वेश्चन है पार्टनर के अंदर पहले जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है क्या करें प्यार भी कम हो गया है तो इसके लिए क्या करें कुछ टिप्स बता दो तो इसके लिए क्या करना है इसके लिए मैं आपको दो टिप्स दूंगा पहला टिप्स है कि आप जो है अपनी सप्लाई को कम करो इमीडियटली अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग्स नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी सप्लाई हाई है ठीक है आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसलिए आपकी डिमांड कम हो चुकी है तो क्या करना है सप्लाई को कम करना है सप्लाई कम करने का मतलब क्या हुआ सिंपल सा है जो ओवर एक्टिविटी कर दो उसको कम कर दो जैसे कि बार बार कॉल करना तो कॉल करना कम कर दो या बंद कर दो दूसरा है आ, जो है मैसेजेस भेजना स्टेटस लगाना बार बार मिलना देखना बार बार चिपको टाइप बनना तो इन सबको कम कर दो एकदम से बंद कर दो ठीक है दूसरा काम करना है इम्प्रूवमेंट करना ठीक है ये दो टिप्स हैं खुद को इम्प्रूव भी करो खुद को इम्प्रूव करने का मतलब हुआ खुद की बॉडी पर खुद के ड्रेसिंग सेंस पे खुद की बाकी चीज़ों पर नॉलेज पे स्किल पर डिफरेंट डिफरेंट जो भी आस्पेक्ट हैं उस पर काम करो और इसमें करियर भी आता है उस पर भी काम करना इम्प्रूव करना एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग नहीं है दोनों को एक साथ में लेकर जाना होगा ठीक है जैसे सप्लाई कम करोगे वैसे ही इम्प्रूवमेंट ऊपर करोगे दोनों एक साथ करना ठीक है जब दोनों को एक साथ करोगे तभी इफेक्ट दिखेगा और ऐसा करोगे तो एक से दो हफ्ते के अंदर फीलिंग्स पहले जैसी आ जाएंगी ठीक है तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में